maka ki jai jai hind jai hind jai hind jai hind

They're telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turns your lover to a opp? Ayy, I'm rolling clean, I'm a beam and a drop. Voices in my head, they're telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turns your lover to a opp? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, cool and kicking, beat up like a sunset.

Juju hit my line like what you want day get a with the script like working that with her day no way i'm at the gym you at the gym it's a small world i might just have to link with you with him look up at this girl like let me get my words right cuz if she catch me with you then we going down like yo day right? i got a plan you take your bag like that then we going to hit that gas make a u turn 100 miles under landy got to pray to god that we just do our press okay joke ain't no shit like i just truck

Hey, shouldy the scoop to my rockin', I'm not talking about Jet Black. Hey, what you do when you yeah. doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like pop hits all out when they know the truth. Hey, you'll cry in the end when she leave and you take your juice. Woo. Hey, hope go clean, don't come be the dropper. Cuz if I did they tellin' me to stop. Hey, Jetland G's with the keys to the

What do you do when Captain turns do your lover to a cop? A, hey, I'm rolling clean off a beat in the drop. Voices in my head they're telling me to stop. A, hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turns do your lover to a cop?

What do you do when Captain turns your lover to a opp? Hey, I'm rolling clean, I'm a B as a drop. Voices in my head are telling me to stop. Hey, got 20 G's for the G's, so what do you do when Captain turns your lover to a opp? <laughs>

Let it time a reset I believe in you yeah I don't wanna skip steps you know that So if you with it just say yeah I just need a little bit of patience You need me I know that you've been waiting Down my number twice promise up and up the line I see your worry don't got to ask why You like it I know that you like it You like it

You like it? You like it? He said that you were down to this as today hoping you'd go around it

That bad? Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it—the type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and.

bilna

चल चल चल छबा शबा चमा चबा चम

निशान 30 30, है, 22 22 ठीक है, 22 22 मिनट मिनट मिनट मिनट ठीक बहुत बढ़िया, सब जा रहे हैं, हैं जा रहे 22, पूरा का पूरा 23 मिनट पूरा का पूरा 23 मिनट

साथियों, साथ साथ साथ

हमारा फाइव किलोमीटर का ओपन ट्रायल था जिसमें बहुत सारे लड़के कुछ तीन भी है सभी को सबसे पहले चाहूंगा कि सबसे बहुत अच्छा एक बार अपने लिए जोरदार सबसे पहले बात बहुत बहुत बधाई

सभी को अच्छा परफॉर्मेंस किया देखो जीतता हारता दो ही इंसान एक जीतता और एक हारता है लेकिन सौ के पेड़ में कंपटीशन करने वाला कि हाँ हम भी दौड़ेंगे मेन वो होता है उसके पास हिम्मत कहाँ सा आया दौड़ने का बस वो हिम्मत कर लेना ही एक अपने में एक ताकत होता है तो अभी जो रेस हुआ कम्पलीट उसका मैं टाइम अनाउंस करने जा रहा हूँ किनका किनका क्या टाइम आया है सबसे पहली पहला जो टाइम है सबसे पहला नंबर पर फाइव किलोमीटर का जो पहला लड़का घुसा है उसका टाइमिंग है उन्नीस मिनट उस लड़के का नाम है मिस्टर मनीष

मनीष मनीष टोटल किलोमीटर का का रेस मिनट में कंप्लीट किया है बहुत ही शानदार आज तक का इसका सबसे का सबसे खतरनाक बेहतरीन परफॉर्मेंस था पिछली ट्रायल में इसका टाइम कितना था कितना बाईस मिनट पैंतालीस सेकंड बाईस मिनट तैतालीस सेकंड से सीधा उन्नीस मिनट आप समझ सकते हैं लगभग तीन से चार मिनट तीन से चार मिनट का

टाइम कवरेज करना कम गिराना तो अभी कितने दिन पहले हुआ था हमारा जीडी का टाइम यही तो तीन से चार महीने पहले चार से पांच महीने के पहले इसका टाइम आया था 22 मिनट पैंतालीस सेकंड और अभी टाइम है 19 मिनट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था एक बार जोरदार ताली। दूसरे नंबर पे जो रहे हैं तो दावक का नाम मैं बता रहा हूँ प्रेम दूसरे नंबर पे प्रेम है इसका टाइमिंग है बीस मिनट ऑल ओवर बीस मिनट में फाइव किलोमीटर रेस कंप्लीट किया है

ये लड़का पिछले कितने दिनों से तैयारी कर रहा नौ महीने नौ महीने से तैयारी कर रहा और तुम्हारा पिछले बार का ट्राई दिया था आ, कितना पच्चीस का पच्चीस अभी दौड़ा बीस में पांच मिनट कम किया इसके लिए एक बार जोर जोर का लिया तीसरे नंबर पे जो लड़का है बीस मिनट अठारह सेकंड बीस मिनट अठारह सेकंड ये लड़का

पिछले ट्रायल हुआ था था? कितना टाइम गया 25 मिनट 3 सेकंड 25 मिनट 3 सेकंड में ये लड़का भागा था और अभी लगभग पांच से छह महीने के बाद जब दोबारा ट्रायल हुआ तो इसका टाइम लगाह सेकेंड बहुत ही अच्छा चार से पांच मिनट एक बार जोड़ता दिनों से तैयारी कर रहा था दौड़ रहा तब जाके इतना इम्प्रूवमेंट हुआ बहुत तो अच्छा तो और गर्ल्स में बताना चाहूंगा गर्ल्स में जिनका फर्स्ट टाइम आया है

नंदनी जी का है इनका टाइम है तेईस मिनट उनतीस सेकंड। इनके लिए जोरदार सालियाँ ये हमारे गर्ल्स ग्रुप में कैसी एक ऐसी एक लौती धावक है जो लड़कों के साथ कंप्लीट करती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका इनके लिए जोरदार पिछले ट्रायल में इनका छब्बीस मिनट अड़तीस सेकंड लगभग साढ़े मिनट और अभी लगा है लगभग साढ़े मिनट मान लो तो तीन मिनट का फासला तीन मिनट कम किया इन्होंने पाँच से छह महीने का कठिन प्रैक्टिस के बाद

तो इसलिए रिजल्ट मिलता है देर से मिलता है लगे रहना है लगे रहना है ठीक है सभी को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और सेकंड गल जो आई मिस अनिता है इनका टाइम है तो मिनट 11 सेकंड। जो आपको उत्पाद सिपाही मालूम है 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है ठीक है 40 मिनट में दौड़ना है ना फाइव किलोमीटर दौड़ना आप अट्ठाईस मिनट ग्यारह सेकेंड में कंप्लीट किए इनके लिए ज़ोरदार तालिए टाइम में कितना टाइम नहीं दिया

बहुत अच्छा है है आपका ठीक कुछ बगल के भी लड़के लोग आए थे धावक लोग आए थे वो खड़े हो जाए उनके लिए भी जोरदार चाली है जो पार्टी का हिस्सा किया इसी तरह एक भाईचारा जैसा बना हुआ होना चाहिए की कहीं का भी कॉम्पिटिशन हो हम जाके हिस्सा लेंगे

और ही लेना चाहिए तब जाके अपना थोड़ा सा पता चलता है कि मेरा सही ट्रैक पे मेहनत है कि नहीं है इसी तरह एक बार जोरदार ताली अपने लिए बहुत बहुत बधाई हो इसी तरह मेहनत करते रहो और मेरा बेस्ट विशेष सबके साथ ठीक है भरत माता की जय भरत माता की जय हिंद जय हिंद जय हिंद